के अंदर आता है न्यू अब न्यू में आप लोग टैंपलेट तो जैसे, जैसे आपको एक बैलेंस शीट बनाना है आप अकाउंट इनसे आए तो बैलेंस शीट फटाक फटक बना देंगे लेकिन जो अकाउंट का बंदा नहीं है उसको तो यह भी पता नहीं चलेगा कि बैलेंस शीट में फील्ड कौन कौन होते हैं फॉर्मेट कैसा होता है राइट Right. तो उनके लिए टैंपलेट काफी हेल्पफुल है और तो पे बैलेंस सीट ऐसे कीवर्ड तो आप आप आपका सर्च को ऑनलाइन टैंपलेट दिख रहा है mm. ठीक है बैलेंस ऐ कीवर्ड को सर्च करेगा यहाँ भी इसको दिख जाएगा बस इसको क्रिएट करेगा क्रिएट करते ही आ गया समरी आ आ गई गया समरीज इसी तरह से मान लीजिए आपको इन्वाइस बनाना है आपको अगर इन्वाइस बनाना है तो क्या करेंगे आप आप यहाँ न्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इन्वाइस मैंने पहले यूज किया हुआ अगर मैंने यूज कर लूंगा यहां चला आता है ठीक है ऊपर में और जो फर्स्ट टाइम करते हैं वो यहाँ हो जाता है यहाँ पर मैंने विल या इनवाइस ऐसे कीवर्ड को सर्च किया तो इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे अब जो विल इनवाइस आपकी रिक्वायरमेंट पे मैच करता है उसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्रिएट करें क्रिएट करते ही आपका आ जाएगा बस यहाँ पर अपना लोगो डालना है बाकी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको चेंज करना है और आपका इनवाइस प्रिंटेड सेटिंग सेट किया हम्म। hmm. राइट ठीक। ये हमारा टांप्रेट है। अब में हम बात करते हैं हैं। क्या हम खुद, क्या क्या खुद खुद है के भी क्रिएट कर सकते अब होता है कि आप ऑफिस में क्या करते हैं आप अपनी पुरानी रिपोर्ट नई रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं पुरानी रिपोर्ट को ओपन करते हैं एंड उसके बाद आप क्या करते हैं उसकी जो पुरानी जो डेटा है उसको क्लियर करते हैं देन नया डेटा उसमें डालते हैं राइट तो इसमें क्या होगा आपको हर बार करना पड़ता है तो क्यों ना हम अपने रिपोर्ट फॉर्मेट का टैबलेट तैयार करें ताकि हमें बार बार ये चीजें ना करना हो वो कैसे की जा सकती है तो उसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है हमें यहाँ एक टाइम प्लेट में यहां बना रहा हूं सिंपल सा देखिए क्या करना है छोटा सा टाइम ऐसे ही डमी में बना रहा हूं hmm. लाइन का बोर्ड देते हैं और यहाँ का बोर्ड देते हैं यहाँ पे सी नंबर नेम क्वांटिटी एम आर डिस्काउंट जी <coughs> देते तो यहां पे टोटल हम यहां पे सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम ऑफ द क्वांटिटी और यहां पे एवरेज का फॉर्मूला लगा देते एवरेज ऑफ एमआरपी और, और फिर यहां पे सम कहते हैं डिस्काउंट जीएसटी एंड आल्सो टोटल और स्टॉक हमारा लाते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं और ए वाली बॉर्डर जो है ए वाली पहले तो ये देते हैं उसके बाद हम इसमें ए वाली बोर्डर देते हैं उसके बाद हम पे हम चेक हमारा एक छोटा सा रिपोर्ट बन गया रिपोर्ट हो गई हर दिन मुझे क्या करना होता है कि इसमें इसको पुराने खाली करके और फिर इसमें अपना नया फिल करते हैं और फिर इसको मेल कर देते हैं ठीक है तो हर बार मुझे आ, करना पड़ेगा तो क्यों ना मैं इस फाइल को सेव ब्राउज़ में जाता हूं। और मतलब कि से हाँ एजलेट करता हूं फाइल टाइप जो है न, जहां पे आता है। उसके जगह लोकेशन पे जाए <coughs> यहाँ पे हम सेल्स नाम से टैंप्लेट बना के सेव करें सेव हो गया सर नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है यहां पर देखिए सेल्स नाम का मेरे पास आ गया होगा बनके ऊपर यहां पर आ गया सर अब इसका आइकन देखिए इसका आइकन चेंज है क्या इसका आइकन चेंज है ना सर हाँ अब इसमें जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका सेल सुबह खुल गया है दोबारा करेंगे सेल्स टू सेल्स थ्री सेल्स फोर देखिए ऊपर सर hmm. अगर दोबारा इसको खोला तो ये आएगा सेल्स जिससे आपकी नई वर्कबुक जब खोलते हैं तो बुक वन बुक टू आता है ना hmm. ऐसे आपका सेल्स वन सेल्स टू आ रहा है तो आपने क्या किया एक नया टाइम क्रिएट कर लिया अब क्या होगा इसमें कुछ भी करें, करेंगे करेंगे करेंगे जैसे कंट्रोल एस ऑटोमेटिक वो वो वो सेव मतलब आपका जो ओरिजिनल फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा। आ, वो नहीं होगा। लेकिन सेल्स सेल्स सेल्स सेल्स सेल्स कैसे आया जब जितना बार करेंगे, उतना बार ओपन तो उतना आया आया? सेल्स सेल्स टू। मैं मैं तीसरा बार ओपन करूंगा तो तो तो पे पे आ जाता है है। थ्री। जस्ट लाइक वर्कबुक सर, फाइल आप लेते हैं बुक बुक बुक कि से से न्यू न्यू क्लिक करता ब्लैंक hmm. अब दुवारा, दुवारा फिर, फिर like like जितना हिसाब से नंबर जनरेट होता है तो टाइमलेट समझ में आ गया आपको